तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आप जीवित हैं उसकी पहली आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि जिस परिवार में पैदा हुए उनको धन मिले उनको सुख मिले उनको सुविधाएं मिले वो सब खरीद सके जो पैसे से आता है आपकी जिम्मेदारी है दूसरी जिम्मेदारी आपकी समाज के प्रति भी है कि इस समाज को कुछ बेहतर बना के जाए आना जाना दुनिया में लगा रहता है दुनिया चली गई हम भी साला मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन साले हमारे जाने के बाद जिंदगी में इस दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा होना चाहिए कि आया था साला कुछ कर गया है हमारे आने से कुछ तो हलचल हुई हो